भाजपा नेता जीतू सेन ने किसान नेता ब्रजकिशोर पटेलिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं सेन ने कहा पटेलिया ने आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और उस पर वेयर मकान बनाने के साथ धंधा शुरू कर दिया है जिसमें उनका सहयोग शहर के बड़े बीजेपी नेता कर रहे हैं भाजपा नेता जीतू सेन ने किसान नेता ब्रजकिशोर पटेरिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा की पटेरिया ने आदिवासियों की जमीन आरोप अवैध रूप ऐसी कब्जा कर उन पर वेयर और मकान बना लिए हैं इसमें उनका सहयोग शहर के चर्चित भाजपा नेता करते आ रहे हैं आदिवासियों के अधिकार और जमीन को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कई बार कह चुके हैं कि आदिवासियों की जमीन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा लेकिन पिछले पांच वर्षों में टीकमगढ़ शहर से लगे हुए ग्रामीण अंचलों में आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन दबंगों के साथ सत्ताधारी नेताओं की मिली से हत्या ली गई आदिवासी अपनी जमीनों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं सेन ने कहा राजस्व विभाग और न्यायालय से कल्ला आदिवासी के पक्ष में फैसला हुआ है इसके बावजूद पटेरिया आदिवासियों को डराने में लगे हुए हैं आपने किस मामले तो तो को किशोर पटेरिया की जमीन आरोप कब्जा किए जा रहे हैं उस सम्बन्धा और जबकि उनके द्वारा अलग अलग आरोप लगाए गए हैं जबकि वो स्वयं ही इन सब चीजों में जब थे जिसमें इनका खुद का मकान खुद का प्लांट आदिवासी की भूमि पर है यह कई आदिवासी की भी जमीन रखना चाहता है जबकि वो पिछले बीस बाईस वर्षो से विभिन्न न्यायालयों से न्याय पा चुका है अब इनका न्यायालय पर तो कोई भरोसा नहीं रहा अब ये दबंग आई से वो जमीन की हत्या न